कई आज हम लोगों को एन वन का डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है वो दिखाएंगे आज हम लोग खोलेंगे एन वन का डीमेट अकाउंट तो इससे पहले हम लोग क्या करना सर हम लोग को पहले इसको जो लिंक है उसको ओपन करना है तो चलिए पहले हम लोग इसका लिंक जो है उसको ओपन करते हैं देरी नहीं करेंगे फटाफट से हम लोग इसका अकाउंट प्रोसेज़ अगर हम लोग मोबाइल पर ये ओपन करेंगे तो हम लोगों को एक जो एनजीएल वन का ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा तो हम लोग पहले उसको डाउनलोड कर लेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे मोबाइल पे ब्राउजर में इसको डेस्कटॉप भारसन जो है उसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने से क्या होगा हम लोगों को ऐप अभी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा लेकिन अकाउंट खोलने के बाद हम लोग उसको ओपन कर इंस्टॉल करेंगे तो फिर हम लोग अभी क्या करते हैं इसको हम लोग डिटेल्स देते हैं यहाँ पर नियम एज़ पर कार्ड में जो लिखा हुआ है वो नियम यहाँ पर देना पड़ेगा हम लोग यहाँ पर नीम का इनपुट करेंगे एक हम लोग पहले इसको नेम दे रहे हैं उसके बाद मोबाइल नंबर देना पड़ेगा मोबाइल नंबर देने के बाद ही आप लोगों के पास एक ओ आ, आ जाएगा तुरंत ठीक है और उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सिटी सिटी हम लोग देंगे सिटी हम लोग जो वहां पर सिलेक्टेड होगा वही दे पाएंगे देखिए यहां पर मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो नहीं लेगा हम लोग दे दिया डाउन नहीं किया मैंने ओ दे दिया ओ देने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो नहीं लेगा क्योंकि सिटी जो है स्क्रॉल डाउन नहीं किया ऑटो सिलेक्ट नहीं किया देखिए यहाँ पर आ गया तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे तो अभी ले लेगा ओके okay, नेक्स्ट में जाते हैं देखते हैं क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड नंबर ईमेल आईडी और बैंक का डिटेल्स जो है यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भर रहा हूँ यहाँ पर पेन नंबर डेट ऑफ़ बर्थ जो है पैन कार्ड का ही दीजिएगा बाद में अगर कोई होल्ड हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा अभी डेट ऑफ बर्थ पेन कार्ड हो गया अभी जो मेल आई डी मैं देना चाहता हूँ वो मेल आई डी यहाँ पर देना पड़ेगा मुझे मैंनेडेटरी है देखिए अगर नहीं देंगे तो रेड कलर का जो है यहाँ पर आ जाएगा इन वेलिड वैलिड ई मेल आई देने बोल रहा है मतलब इसका मैंडेटरी है देना पड़ेगा और जीमेल जो है वहाँ पर भी यहाँ पर सिलेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा वो भी कर दीजिएगा आप ओके अभी ये अकाउंट नंबर जो है वो थोड़ा देना पड़ेगा ऊपर देखिए नाम भी आ गया ओपर यू और डॉन बोल के नाम देखिए कुछ आ जाएगा जो कर रहा है जिसके नाम पर होगा वो आ जाएगा वहाँ पर अभी मैं अकाउंट हाँ नंबर दे रहा हूँ हाँ अकाउंट नंबर ध्यान से दीजिएगा क्योंकि गलत हो गया तो दूसरा अकाउंट हाँ नंबर पे चेंज करना पड़ेगा वो अभी भी मुश्किल हो जाएगा जो जिसके अंदर आपका अकाउंट हाँ खुल रहा है वही चेंज कर सकते हैं या फिर ब्रांच मैनेजर अगर मेरे अंडर होगा तो मैं चेंज कर दूँगा क्योंकि मैं इसका सब ब्रोकर हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम लोगों को किसी को अकाउंट एन जी के साथ खोलना है तो अभी देखिए मेरा एफ कोड अकाउंट नंबर दिया हो हो गया अभी मैं पोसेट कर रहा हूँ पोसेट करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अभी अगर आपके पास आधार कार्ड का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक है तो आप डिजी लॉकर के साथ जाएंगे डिजी लॉकर के साथ डिजी लॉकर मोबाइल लिंक वे आधार कार्ड होगा और अगर नहीं होगा तो आप मैनोल भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक काम किया मैंने डिजी लॉकर के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मेरा आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं डिजी लॉकर के साथ ही जाऊँगा नेटवर्क स्लो है शायद इसलिए नहीं ले हाँ तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं बोल रहा था कि मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिसको भी अकाउंट खोलना है वो इस लिंक से खोल सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर तो मैं गाइड कर दूँगा जो लोग अकाउंट यहाँ पर खोलेगा उन लोगों को मैं अपना टेलीग्राम चैलेंज जो है प्राइवेट चैलेंज जो है उनको ऐड कर लूँगा तो वैस अभी ये खुल गया अभी ये खुल गया कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आपके पास आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आप लोग एन जी का डीमेट अकाउंट खोल सकते हो अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग डिजी लॉकर के साथ खोल सकते हो अदरवाइज़ आप लोगों को मैनुअली करना पड़ेगा मेरे ख्याल से अभी सबके पास से आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक है मैंने अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर दे दिया अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट करने से मेरा मोबाइल पे एक ओ जाएगा ओटीपी उस नंबर पे जाएगा जो उस नंबर मेरा मोबाइल पे मोबाइल जिस नंबर मेरा आधार कार्ड के साथ लिंक है उसी नंबर पर जाएगा अकाउंट में मैं दूसरा नंबर भी दे सकता हूँ ए मैंडेटरी नहीं है जो उसी अकाउंट में उसी मोबाइल नंबर देना पड़ेगा अभी मैं यहां पर डाल दिया अभी मैसेज आया नहीं आ गया मैसेज उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं अब यहां पर के वाई का जो डिटेल्स है वहां पर एक आधार कार्ड जो है डिजी लॉकर का अलाउ करना पड़ेगा अलाउ कीजिए उसके बाद ऑलमोस्ट डन आपका ये देखिए पर्सनल डिटेल्स जो है एक बार आपको दिखा देगा यहाँ पर क्या क्या है और और कुछ चीजें जैसे इनकम और आपका मेरीटेल डिटा इनकम क्या है क्या काम करते हो वो थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा तो यहाँ पर पहले ऑक्यूपेशन का देना पड़ेगा क्या करते हो आप अब जो भी प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो बिज़नेसमैन हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जो भी हो यहाँ पर भर दीजिएगा मैरिड हो या अनमैरिड हो जो भी है और फादर्स नेम और नेम दोनों में एक सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर फादर्स नेम सिलेक्ट किया फादर्स नेम सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नीट सोलो है शायद नहीं आ रहा तो गाइज़ कंटिन्यू करेंगे हम लोग अभी अच्छा मैंने यहाँ पर एनअल इनकम जो सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए नहीं जाएगा अगर मैंने को मिस्टेक कर दिया तो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा एक ऐसा चीज़ है देखिए नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पर से लोगों को पैन कार्ड का जो है कॉपी वो अपलोड करना पड़ेगा और एक सिग्नेचर कापी आधार कार्ड का जो अब ने डिजी लॉकर से लिया था वो आधार का आईडी डी प्रूफ आ चुका है यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर व्यू करके यहाँ पर जो व्यू ऑप्शन है व्यू करके देख पाएंगे और हम लोग अगर ऑप्शन में डेरिवेटिव्स ऑप्शन में कमोडिटी कार में अगर ट्रेड करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट देंगे अदरवाइज़ हम लोगों को देने का कोई ज़रूरत नहीं है ये मैंडेटरी नहीं है इक्विटी और डिलीवरी में करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट देने का जरूरत बैंक पासबुक को देने का जरूरत ही नहीं है अदरवाइज़ हम लोगों को सिर्फ पैन कार्ड और सिग्नेचर का देना ही होगा तो अभी हम लोग अभी पेन सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर दे रहे हैं पैन कार्ड तो अपलोड मैंने कर दिया पहले ही सिग्नेचर यहाँ पर अगर आपको रोटेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं डेबीस और कॉमोडिटीज़ में तो पैन तो आपका पासबुक का जरोक्स या फिर पासबुक का फोटो फोटोकॉपी देने का कोई ज़रूरत नहीं है इक्विटी डिलीवरी में कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही का देने से हो जाएगा तो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट करते में हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पर हम लोगों को ई साइन करना है ई साइन सेम मोबाइल नंबर विथ लिंक आधार कार्ड है हम लोगों के पास तो ई साइन हम लोग उसी तरीके करेंगे ई साइन तो पता ही आपको पहले हम लोगों को यहाँ पर आई है ऑथोराइज में आइनेस जेल में ठीक करना पड़ेगा उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर है वो देना पड़ेगा तो आधार कार्ड का नंबर दे देते हैं हम लोग आधार कार्ड का नंबर देने के बाद यहाँ पर भी एक ओ टी आएगा तो मेरा आधार कार्ड नंबर दे रहा हूँ उसके बाद बहुत इजी है दो तीन स्टेप है एंजेल जी में डीमेंट अकाउंट खोलने का और भी इसका बहुत फ़ायदा है अकाउंट खोलने का जो लोग करते हैं लोग काम वो लोगों को पता है देखिए मेरा ओ टी आ चुका है अभी ओ टी दे रहा हूँ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है एंजेल वन में एंजेल वन में काम कर सकते हैं आप लोग डेटा एनालिसिस आपका चार्ट इंडिकेटर बहुत कुछ यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर है बहुत पुराना है ब्रो ब्रोकर बहुत पुराना ब्रोकर है ट्रस्टेबल है तो मैं रेकमेंडेशन करूँगा इसको गेन जी लोन करने के लिए मेरा भी तो तो सात साल का एक्सपीरियंस है इसमें डिमेट अकाउंट का उसी हिसाब से देखिए हम लोग ये साइन कर चुका है ई साइन करने के बाद हम लोगों को क्या करना है एक मोबाइल पर लिंक जाएगा मोबाइल पर लिंक जाएगा यहाँ पर सैन लिंक लिखा हुआ है लिंक में क्या होगा हम लोगों को एक दस से पंद्रह सेकंड का दस से पंद्रह सेकंड का एक वीडियो बनाना पड़ेगा दस से पंद्रह सेकंड का एक वीडियो बनाना पड़ेगा उसमें कुछ नहीं सिर्फ ओपन करके आपको सर इधर उधर हिलाना है दो देखना है ठीक ठाक है कि नहीं उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा कुछ नहीं एस... वहां पर कुछ बोलना भी नहीं होगा सिर्फ लिंक पर जा ओपन करके सिर्फ वीडियो ओपन करके थोड़ा तो आपको आ, जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे नॉर्मल रहना पड़ेगा उसके बाद अकाउंट आपका